गाइस नमस्कार आप लोगों का टॉप टेन क्लासेज के प्यारे से YouTube फैमिली पर स्वागत है कक्षा बारह की, अच्छा की, की, की, की, की स्पेक्ट्रम को जानने से पहले प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं या हम खुद बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों को स्पेक्ट्रम क्या होता है स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें हों छ की सात की आठ की नौ की आप एक दुकानदार हैं मान लीजिए तो आप क्या चाहेंगे कि छह की हिंदी किताबें अलग सात की हिंदी किताबें एक क्रम में आठ की हिंदी किताबें एक क्रम में ऐसे रखना चाहेंगे कि छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एकदम उसे मिलाकर रखेंगे ऐसा तो होता नहीं ऐसे रखोगे तो आपको बेचने में आपको निकालने में आपको तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी और अगर हम छ का अलग कर दें सात का अलग कर दें या ऐसे भी कर सकते हैं जो मोटी किताब है वो उसको पहले फिर उसके बाद मो फिर कम पतली थी कम पतली इस प्रकार से रखते हैं ना अपने सुविधा अनुसार तो भैया सुविधानुसार किसी भी वस्तु को क्रम में रखना किसी भी वस्तु को श्रृंखला में रखना स्पेक्ट्रम गता है क्या ये बात आपको यहां भेजे तक गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम होता है किसी भी चीज को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही स्पेक्ट्रम आखिर विद्युत चुंबकीय की स्पेक्ट्रम क्या होता है वो होता है प्यारे बच्चों कि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित रखना ही व्यवस्थित करना ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है और यह किसने बताया था न्यूटन ने बताया था किसने बताया था प्यारे बच्चों न्यूटन ने न्यूटन बहुत सारी चीजें बताए हैं अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे परंतु हमारा यहां सबसे पहला चीज है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वो डेफिनेशन क्या होती है विद्युत चुम्बकी तरंग तरंगों को तरंगदैर्घ के अनुसार विद्युत चुम्बकी तरंगों को तरंग के अनुसार क्रम रूपी व्यवस्थित करना ही विद्युत चुंबकी स्पेक्ट्रम कहलाता है यही चीज लिखा गया है तरंग के परास के आधार पे विद्युत चुंबकी तरंगों का व्यवस्थित क्रम ही विद्युत चुंबकी स्पेट्रम कहलाता है अब न्यूटन ने बताया क्या कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती है उनके एक प्रकाशकिरण में सूर्य की प्रकाश किरणों में सात रंग पाए जाते हैं जो कि हमको दिखाई पड़ते हैं सात रंगों के को छोड़कर ऐसे कुछ और रंग होते हैं प्यारे बच्चों जिनको हम देख नहीं पाते उन रंगों को भी न्यूटन ने बताया उन सभी की चर्चा यहां पर की गई है प्यारे बच्चों तो जो सात रंग न्यूटन देख पा रहे थे उन्हीं सात रंगों को हम लोग भी देख पा रहे हैं वो सात रंग किस स्पेक्ट्रम में आता है सूर्य की उन किरणों की समूह जो किरणे हमारे नंगी आंखों से देखा जा सके उन्हें हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं और दृश्य स्पेक्ट्रम में जो क्रम होता है वो लाल रंग ऊपर होता है बैगनी रंग नीचे होता है यानी लाल रंग और बैगनी रंग के बीच में पांच कलर आपके रखे होते हैं वो पांचों कलर प्यारे बच्चों आपने कक्षा दस में ही पढ़ा होगा जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म में डाला जाता है तो सात रंगों में बैठ जाता है पीनाला आप करके आपने याद किया होगा तो वही सारे सातों रंगों को हम दृश्य स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं प्यारे बच्चों क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही होंगी तो वही दूसरी लाइन में लिखा गया है कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग बैगनी रंग लाल रंग से से होना चाहिए था तो लाल रंग से बैगनी रंग तक विभिन्न रंग दिखाई देते हैं इस इस इस इस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को को को को समूह क्रम दृश्य का नाम देते हैं यानी आपको दृश्य स्पेक्ट्रम पूछा कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है तो वे सभी सूर्य की प्रकाश किरणों के समूह जो हमको अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं चलिए अब हम अगली चर्चा करते हैं जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है प्यारे बच्चों उसमें जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दर्ज सबसे बड़ी होती है और उसकी वैल्यू होती है आठ गुणे दस घाते माइनस सात मीटर होता है क्या हमने बताया कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम में जो सात रंग आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा की तरंग या सबसे बड़ी तरंग लाल रंग की होती है, है आठ गुण दस घाते माइनस सात मीटर यदि आप प्यारे बच्चों भूल जाइएगा तो याद रखिएगा कि सात रंग दृश्य स्पेक्ट्रम में आते हैं सात में एक जोड़ दिया जाए दस घाते सॉरी सात में एक जोड़ दिया जाए आठ आठ गुणे दस तो जितने रंग है उसी का पावर माइनस में है इतना तो दिमाग में रख सकते हैं ना प्यार बच्चों तो चलिए अब उसके बाद जो बैगनी होता है जो बैगनी होता है ना उसका जो तरंग दर्ग होता है वो सबसे छोटी होती है और इसका आधा होता है प्यार बच्चों आठ का आठ आध का आधा होता है चार यानी चार गुमे दस घाते सात मीटर होता है यही लिखा गया दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंग दर्घ होता है वो सबसे बड़ी होती है इसका मान आठ गुने दस घाते माइनस सात मीटर होता है फिर उसके बाद जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दर्ग सबसे छोटा होता है इसकी वैल्यू जो होती है चार गुने दस घाते माइनस सात मीटर होती हैं फिर आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों न्यूटन ने यह भी बताया कि लाल रंग के ऊपर भी कुछ स्पेक्ट्रम होता है आप लोग जो यहां से लाल और बैगनी के बीच में जो पढ़े लाल लाल और बैगनी लाल और बैगनी के बीच में आपने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा वो सब स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाए और उसके बाद न्यूटन ने और बताया भैया इनके ऊपर भी कुछ स्पेक्ट्रम आते हैं इनके ऊपर भी कुछ रंग आते हैं और इनके नीचे भी कुछ रंग आते हैं तो लाल रंग से ऊपर और बैगनी रंग से नीचे के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या कहलाते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अर्थात लाल रंग से ऊपर जो रंग होते हैं और बैगनी रंग से जो नीचे रंगों का समूह होता है वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं प्यारे बच्चों और इस स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं लिखा गया लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं फिर उसके बाद बात आया कि जो लाल रंग से ऊपर वाले स्पेक्ट्रम होते हैं उसका अलग नाम दिया गया तो लाल रंग से ऊपर वाले भाग को स्पेक्ट्रम कहते हैं और स्पेक्ट्रम भी तो भैया लाल रंग से ऊपर वाले भाग को और बैगनी रंग से नीचे वाले भाग को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं यानी जो बैगनी रंग से नीचे होंगे उन्हें हम परा बैग्नी स्पेक्ट्रम का नाम देते प्यारे बच्चों फिर कुछ बाद, कुछ समय बाद कुछ और तरंगों की खोज की गई जिसे विद्युत चुम्बकी तरंगों का नाम दिया गया वो तरंगे थी रेडियो तरंगे गामा किरणें और एक्स किरणें क्या हमने कहा कुछ समय बाद बाद में भी कुछ तरंगों की खोज की गई जिन्हें हमने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे और वो कौन थी रेडियो तरंगे थी यक्ष किरणे थी और गामा किरणे थी प्यारे बच्चों अब हम आगे बात करेंगे इन किरणों के गुड़ इन तरंगों का गुड़ और इन तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों तब तक, तक आप इसका एक स्क्रीन ले लीजिए तो भाई जब बात करते हैं विद्युत चुंबकी तरंगों के बारे में अब तरंगे क्या हैं? जैसा कि पिछले अभी हमने कुछ मिनट पहले ही बताया था कि वैद्युत चुंबकी तरंगे क्या होती बाद में कुछ किरणों की खोज हुई जैसे रेडियो तरंगे उसके बाद एक्स किरणें, गामा किरण ये सब जो है वैद्युत चुमकी तरंगों के अंतर्गत आती है अब आइए हम उनको डिटेल से समझते हैं कि रेडियो तरंगे क्या होती है रेडियो तरंगे क्या होती है जो की यहां पर सब कुछ लिखा गया है प्यार बच्चों थोरी क्लासेस है इसलिए लिख दिए गए कि रेडियो तरंग क्या होती है तो सबसे पहली लाइन रेडियो तरंगों के बारे में लिखा गया है कि इसका जो उत्सर्जन होता है वो इसका जो उत्सर्जन होता है वो आवेशित कणों के दोलनों के कारण होता है मतलब एज ये आवेशित कण हो गया अगर ये दोलन करे आवेशित कर क्या करे प्यार बच्चों दोलन करे तो आवेश करो के दोलनों के कारण रेडियो तरंगों का क्या होता है उत्सर्जन होता है और इनकी जो आवृत्ति है वो 500 सौ किलोहर्टस से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि इसका जो उत्सर्जन होता है वो आवेशित कणों के दोलनों के कारण होता है भैया ये उत्पन्न कैसे होती है कहा जब कोई आवेशित कण कर, आवेशन करेगा तो दोलन के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है रेडियो तरंगे उत्पन्न हो जाती है और जो इनकी आवृत्ति होती है वो 500 सौ किलोहटर्स से 1000 हजार मेगा हटस तक होता है अब इनका हम उपयोग पड़ते हैं तो जो रेडियो तरंगी होती हैं, उनका उपयोग जो है पृथ्वी की सतह पर संचरण के लिए होता है रेडियो तरंगों का जो उपयोग होता है काफी जगह उपयोग किया जाता है कुछ उपयोग यहां पर दिए गए हैं कुछ उपयोग आपको दिखाया जा रहे हैं तो जो रेडियो तरंगों का उपयोग होता है वो पृथ्वी पर संचरण के लिए किया जाता है पृथ्वी पर चलने के लिए किया जाता है ठीक अब अगला अब टीवी में भी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है टीवी में भी टेलीविजन में आजकल की ते, जो टेलीविजन है उनमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है जो कि 50 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक मेगा तरंग का उपयोग करते हैं टीवी में 50 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग करते हैं और यह है कहां तक एक हजार मेगा तक है ना तो इन्हीं तरंगों का उपयोग टीवीओ में भी करते हैं आगे और अति उच्च आवृत्ति तरंगों का मतलब आ आ जो रेडियो तरंगे होती हैं उनमें जो उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं जो अधिक आवृत्ति रखती हैं उन आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग हम सेल्यूलर फोन में किया जाता है सेल्यूलर फोन में किया जाता है अब आप, तो जो इनका अगला उपयोग है वो क्या करा अति उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग मतलब जो ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगे रहती हैं उन तरंगों का जो उपयोग है वो हम सेल्युलर फोन में करते हैं अब कहेंगे आप सेलुलर फोन क्या होता है तो सेल्युलर फोन ऐसा फोन होता है ये एक इस प्रकार का फोन होता है जो कि रेडियो तरंगों पर जो रेडियो तकनीक पर आधारित होता है जिस प्रकार रेडियो आप चलती है उसी तकनीक पर सेल्यूलर फोन भी चलता है सेल्युलर फोन क्या करता है रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है रेडियो तरंगों को क्या करता है उत्सर्जित करता है तो ये रही रेडियो तरंगों के बारे में डिटेल अब हम बात करेंगे की। किसकी बात करेंगे की। तो इन का जो होता है, वो, वो उत्सर्जन कैसे होती है उत्सर्जित कहा से होती है जब कोई वस्तु सूर्य के बराबर जितना गर्मी सूर्य हो या जितना गर्म सूर्य होता है उतनी गर्म त, उतनी ज्यादा गर्म हो जाए वह वस्तु तो उस वस्तु से किरणें निकलने लगती हैं। यही चीज कर रहा है इन किरणों का उत्सर्जन अधिक तप्त तो वस्तुओं द्वारा होता है, है? सूर्य भी एक तप्त तो वस्तु होता है एक आग का धकता गोला है तो भैया उससे भी परावैग्निकरणों का क्या होता है उत्सर्जन होता है अब जो परावैग्निकरण होती है उनकी जो आवृत्ति होती है वो दस घाते चौदह हर्ट से दस घाते भैया पराबैगनी किरणों की जो आवृत्ति होती है पराबैगनी किरणों की आवृत्ति की जो रेशियो परास होता है रेंज होता है वो दस घाते चौदह हर्ट्ज़ से दस घाते सत्रह हर्ट्ज़ तक होता है अब इनका उपयोग कहां होता है भैया चोरों से सुरक्षा में चोरों से सुरक्षा में अब परावैग्निकरणों का उपयोग कहा किया जाता है चोरों से सुरक्षा ऐसा नहीं कि ये आएगा आप लोगों का बॉडीगार्ड बनके आपका सेवा करेगा ऐसा नहीं है किस रूप में करते हैं किस रूप में करते हैं सुरक्षा करेगा परंतु किस रूप में अलार्म के रूप में जैसे ही चोर चोरी करने का प्रयास करेगा किसी वस्तु को तो ये परावैग्निकरण वहां पर रहती है जो कि अलार्म के रूप में ध्वनि करने लगती है अलार्म के रूप में एक तरंगे निकलने लगते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई उस वस्तु को या उस उस सामान को चुराने का प्रयास करा फिर अगला क्या अड़ुओं की संरचना ज्ञात करने में की ज्ञात करने करने में करने में किरणों का उपयोग करते हैं साथ साथ जीवाणुओं को नष्ट छोटे छोटे जो उत्सर्जन कहा से होता है अधिक तत्व तो एक विशेष प्रकार का भी हम कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का लैम्प होता है जिससे जो है परावैग्निक अधिक तत्व वस्तुओं से होता है अधिक किरणों का जो उत्सर्जक होता है वो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सूर्य से भी किरणें निकलती हैं परंतु वो ओजोन पर दस घाटे सत्रह तक होता है इनका उपयोग कहा करते हैं चोरों की सुरक्षा में चोरों की सुरक्षा में नहीं चोरों से सुरक्षा में चोरों के चोरी से सुरक्षा में अलार्म के रूप में करते हैं फिर अड़ुओं की ज्ञात करने करने में, फिर को करने में। फिर को नष्ट अब हम चलते हैं अगली किरणों किरणों की थरफ, X की तरफ, तरफ। तो यहां पर वैज्ञानिक थे जर्मनी के कहा के वैज्ञानिक भैया जर्मनी के कहा के वैज्ञानिक थे जर्मनी के वैज्ञानिक थे ध्यान से देखिएगा जर्मनी के, की की के के जर्मनी के वैज्ञानिक रांटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी एक्स किरणों की खोज किसने की थी रावृत्ति होती है वो की गुणे दस गाते सोलह हटज चार गुणे दस घाते सोलह हटस से तीन गुणे दस घाते इक्कीस हर्टस तक होता है यानी जो इनकी आवृत्ति का रेंज है इनकी आवृत्ति की रेंज कहां से कहां तक है चार गुणे दस घाते से इनका सबसे इनका में किया जाता है अब आप कहेंगे सर हम तो जानते ही नहीं चिकित्सक क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है भाई चिकित्सक क्षेत्र में जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है किसी व्यक्ति के कुछ भी शरीर में ऐसे जगह कमी आ जाए तो जो हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती तो एक्स किरणों की मदद से ही उनको पता लगाया जाता है कि कहां पर क्या गलत है या कहां पर क्या क्रैक है तो हड्डियों और हड्डियां टूट तो जाती है तो उनको पता लगाने में ठीक हो तो कहा चिकित्सक क्षेत्रों में किसका उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का साथ साथ में अभियंत्रिक क्षेत्र में किसके क्षेत्रों में भैया अभियंत्रित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है? इसी एक्स किरणों का उपयोग जो है क्षेत्रों में किया जाता है अगला हम करते हैं एक्स किरणों का जो उपयोग होता है वो विस्फोटक पदार्थ को पता लगाने में जैसे आप लोग मेट्रो स्टेशन चले गए कहीं ऐसे भीड़ स्थान पे चले जाते हैं तो एक्स किरणों की मदद से ही पता लगाया जाता है कि किसके पास कौन सी धातु है या किसके पास क्या कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं तो उन सब का पता लगाने के लिए एक्सकिणों का ही उपयोग हम करते हैं इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं की खोज किया किया था ने किया थे कहां के थे भैया फ्रांस कहा थे जर्मनी के थे कहा थे जर्मनी के थे उसके बाद इन तरंगों की आवृत्ति का रेंज कितना होता चार गुण दस घाते सोलह से तीन गुणे दस घाते इक्कीस के मध्य होता है फिर उसके बाद इनकी खोज इनका उपयोग कहाँ होता है इनका उपयोग चिकित्सक क्षेत्रों में होता है हड्डियों को क्रैक होने या हड्डियों को टूटने फूटने से पता लगाने के लिए फिर उसके बाद इनके मन में प्रश्न उठा होगा अभियंत्रिक क्षेत्र क्या होता है अभियंतिक क्षेत्र होता मतलब हम कह लें कि जैसे मकान हो गए पुलों के दरार हो गए तो पुलों के दरारों का पता लगाने के लिए मकान बिल्डिंग सारी कहाँ टूटी है कहाँ क्रैक है उन सबका पता लगाने के लिए जो है अः हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं फिर विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने जैसे में जैसे मेट्रो में आप गए कहीं चले गए भीड़भाड़ भाड़ आसान जहाँ काफी भीड़ होती है तो वहां पर आप कौन सी धात लेके जा रहे हैं या कौन सा मेटल लिए हैं अपने जेब के अंदर अपने बैग के अंदर तो उन सब का पता हम लोग एक्सकिड़ो की मदद से करते हैं फिर उसके बाद हम अगली लास्ट गामा किरण भैया गामा किरणों की खोज है रदर ने किया था किसने किया था रदर ये देख सकते हैं यहाँ लिखा गया किसने किया भी? ने किया था और इनकी जो आवृत्ती होती है वो तीन गुणे दस घाते आठ से पांच गुने दस घाते बाईस हरटच के मध्य अर्था होती अर्थात इनसे ज्यादा होती है एक्सो से इसकी आवृत्ति अधिक होती है तीन गुने दस घाते आठ हरटच से पांच गुने दस घाते बाईस हर तक के होती है आगे क्या करा अब इनका जो उपयोग होता है हम नाभ की उत्पन्न कराने में करते हैं अब नाव की क्या होता है अब सेकेंड फिजिक्स में हम चर्चा करेंगे नाव की अपक्रिया नावकी ये सब तमाम प्रकार को वहां चीजें बताएंगे तो हम आपको याद कराएंगे कि भैया गामा किणों का उपयोग हम नावकी अपक्रिया को उत्पन्न कराने में करते हैं अब कैसे नाव की उत्पन्न होता है थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं जब कोई गामाकर्ण जो गामा किरण होता है वो खूब तेजी से गति करता हुआ खूब तेजी से चलता हुआ किसी परमाणु से टकरा जाता है जैसे ही किसी प्रमाण से टकराएगा तो वो प्रमाण विखंडित हो जाएगा वो परमाणु विखंडित हो जाए विखंडित होने के बाद परमाणु से तीन गामा किरण निकल जाएंगी। जाएंगे तथा ट्यूमर के इलाज में कैंसर के इलाज में ट्यूमर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है गामा किरणों का उपयोग करते हैं फिर परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में भी गामा किरणों का उपयोग करते हैं एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं गावा कीड़ों की खोज किसने की रदर फोड़ने की इसकी आवृत्ति कितनी होती है नाव की दूसरा उपयोग कहां करते हैं कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में करते हैं तीसरा परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में करते हैं तो इन्हीं सबके साथ आज की जो लेक्चर है समाप्त होती है प्यारे बच्चों आई होप की आप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू वर्ल्ड स्टूडेंट